का सीजन चल रहा था मुझे लगा आपका भी मन कर रहा होगा तो मैंने कहा पूछ लेता हूं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। आप किसी अच्छे से विक्की कौशल को ढूंढ के शादी क्यों नहीं कर लेते तो मुझसे शादी शादी करो मुझसे करोगी हिम्मत नहीं